नमस्कार स्वागत अभिनंदन 3 सितंबर दिन मंगलवार के दैनिक राशिफल में विक्रम संबत दो हजार छिहत्तर 1941. इस समय दर्शकों दक्षिणायन चल रहा है और शुक्ल पक्ष है भादो मास की शुक्ल पक्ष की जो तिथि रहेगी पंचमी तिथि है तेईस बजकर अट्ठाईस मिनट तक की इसके उपरांत षष्ठी तिथि लग जाएगी पंचमी तिथि के बारे में दर्शकों हमने बताया था आपको कि बिल्बफल का सेवन नहीं करना चाहिए ना ही इसका दान करना चाहिए वहीं षष्ठी तिथि के बारे में बताना चाहेंगे कि षष्ठी तिथि को तेल मालिश जो होती है शरीर पर करान, नहीं करानी चाहिए दोष पड़ता है नक्षत्र जो रहेगा चित्रा नक्षत्र रहेगा मंगल का बेसिकली नक्षत्र है और जो स्वाति इसके बाद स्वाति नक्षत्र आएगा जो कि राहु का नक्षत्र है योग रहेगा ब्रह्मा इसके उपरांत इंद्र योग रहेगा करण रहेगा वब, फिर है बालव और अंतिम जो करण रहेगा ये रहेगा कौलव करण चंद्रदेव आज जो चलायमान रहेंगे तुला राशि में चलाए मान रहेंगे और सूर्योदय सूर्योदय की बात करें दर्शकों तो होगा प्रातः क्योंकि लखनऊ को मानक मान करके पंचांग बनाया गया है इसलिए लखनऊ क्षेत्र से ये गणनाएं प्रभावी रहेंगी तो प्रातः पांच बजकर पचास मिनट पर सूर्योदय होगा और सूर्यास्त होगा शाम को छह बजकर इक्कीस मिनट पर राहु काल की बात करते हैं एक काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आप लोगों को शुभ कार्यों को नहीं करना है और कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा जो डेढ़ घंटे का ये समय रहता है इसमें आप मत करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो राहु काल रहेगा मंगलवार के दिन का तीन बजकर तेरह मिनट दोपहर से लेकर के चार बजकर सैंतालीस मिनट तक का यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा तो आज आप विजय मुहूर्त में कर सकते हैं दो बजकर ग्यारह मिनट से तीन बजकर एक मिनट तक का है अमृतकाल जो रहेगा ये रात में लगेगा आठ बजकर उनतालीस मिनट से दस बजकर नौ मिनट तक की वहीं अभिजीत मुहूर्त की यदि हम बात करें तो प्राथमिक इकतालीस मिनट से बारह बजकर इकतीस मिनट का जो समय रहेगा अभिजीत मुहूर्त का रहेगा दर्शकों मंगलवार को जो दिशासूल होता है ये उत्तर दिशा की ओर होता है आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी है यदि करनी पड़ जाए तो क्या करना होगा तो कोशिश कीजिएगा कि पहले आप दक्षिण दिशा में चार कदम चलिएगा इसके बाद आपको उत्तर दिशा की ओर यात्रा करनी चाहिए और यात्रा करने से पहले गुड़ का सेवन जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हैं गुड़ और जल का सेवन करके तब आप यात्रा पर निकलेंगे तो यात्राएं आपकी कष्टकारी नहीं होंगी और उस यात्राओं से आपको लाभ होगा दर्शकों ये तो था हमारा पंचांग चलते हैं मंगलवार दैनिक राशिफल पे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का कैसा कुछ रहेगा हाल और क्या करें शुभ उपाय उनके लिए शुभ दिशा कौन सी रहेगी शुभ अंग कौन सा रहेगा शुभ कलर कौन सा रहेगा इन सभी विषयों पर प्रकाश डालेंगे तो मेष राशि के जातकों आज आपका दिन शानदार रहेगा आज आप मंदिर में दर्शन के लिए जा सकते हैं थोड़ा आपके अंदर धार्मिक सहिष्णुता आएगी आपके व्यवहार से कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे नए और प्रभावशाली लोगों से आज आपकी मुलाकात होगी आपसी विश्वास के सहारे आज आपके संबंधों में मजबूती आएगी आपकी कोई खास इच्छा जो काफ़ी समय से अधूरी थी वो आज पूर्ण होती हुई नजर आ रही है वही कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग आज आपको मिलेगा जिससे आपके उत्साह में इजाफा होगा संतान संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो सकता है प्रयास जो है कोशिश ये कीजिएगा कि आज हनुमान जी को बेसन से बनी हुई कोई मिठाई चढ़ाइएगा ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुट मंत्र का 108 बार जाप करिए आपका दिन शुभ होगा रेड कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा एक अंक आपके लिए शुभ अंक रहेगा और पूर्व दिशा आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलदायी दिशा रहेगी वृषभ राशि टॉरस कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपके भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे भगवान आ, हनुमान जी का आज आपको आशीर्वाद मिलेगा जिनके कारण आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे दिन आपका शानदार रहेगा शादीशुदा हैं तो आज पति पति के बीच संबंध बहुत मधुर होंगे आज का दिन व्यवसायिक प्रगति के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से सफल रहेगा आज ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा रहेगी आपकी मुलाकात किसी पुराने मित्रों से दोस्तों से हो सकती है यदि आप व्यापारी हैं तो आज आपको कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है आप कुछ लोगों के साथ आज कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट डील कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज हनुमान चालीसा का तीन बार पाठ आपके सभी कार्यों में जो विघ्न आ रहा है इसको दूर करेगा हनुमान चालीसा का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा जो है वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा छे और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा मिथुन राशि पर आगे बने उससे पहले देखिए दर्शकों बताना चाहेंगे दिल्ली में 14 और 15 सितंबर आ रहे हैं तो जो भी नई दिल्ली क्षेत्र से हैं या एनसीआर जोन से हैं आप लोग हमसे मिल करके अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण पर्सनली करवा सकते हैं तो मिथुन राशि के जात आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा आज आप सभी कार्यो में बहुत हद तक की सफल रहेंगे आज यदि आप मिथुन राशि की हैं और महिलाएं हैं तो आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होती हुई नजर आएगी आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी बेहतर होगा आज आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे आज ऑफिस का पेंडिंग काम आप पूर्ण करते हुए नज़र आएंगे खास करके मिथुन राशि के और स्टूडेंट हैं विदेशों में जो कोई पढ़ाई करने के लिए जो है प्रयासरत हैं उनको कोई सकारात्मक और शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है सामाजिक स्तर पर आज आपका मान सम्मान रुतबा बढ़ सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो पीपल के पत्ते पर एक बूंदी का लड्डू रख के आपको हनुमान जी को चढ़ाना रहेगा शुभ कलर रहेगा ग्रीन शुभ अंक रहेगा तीन शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा कर्क राशि तो कर्क राशि के जातकों आज आपके मन में नए नए विचार जन्म लेंगे लेकिन आज, आज आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा यदि आप कर्क राशि के हैं आज आपको किसी बहसबाजी से बचना है शादीशुदा लोगों का जो वैवाहिक जीवन रहेगा ये कुछ गलत फहमियों का आज शिकार होता हुआ नजर आएगा आज आप किसी नए कार्य योजना की शुरुआत कर सकते हैं कोई प्रारूप आप बना सकते हैं इनकम के एक से अधिक स्रोत आपके रहेंगे तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आय के स्रोत में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं जो कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं कर्क राशि के हैं कोई नया प्रोजेक्ट उनको मिल सकता है और आज आप अपने प्रोजेक्ट में सफल रहेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा हनुमान बाहु का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट शुभ अंक रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये उत्तर दिशा रहेगी ग्रहों के राजा सिंह राशि पर आते हैं सूर्य की राशि सिंह राशि पर आते हैं लेकिन दर्शकों उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे दर्शक की वीडियो देख रहे हैं वार्षिक राशिफल लगभग सभी राशियों का पड़ गया है आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वार्षिक राशिफल देख सकते हैं और उसका लुफ्त उठा सकते हैं आनंद ले सकते हैं तो सिंह राशि के जात आज आपका दिन सामान्य रहेगा आपका मन सामाजिक कार्यो की तरफ आज बहुत ज्यादा आकृष्ट रहेगा लोगों के बीच आज आपके कार्य की तारीफ होगी आर्थिक लाभ के लिए आज आपको थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा माता पिता आज बच्चों को कहीं बाहर ले जा सकते हैं किसी टूर पर या कोई धार्मिक जगह पर घुमा सकते हैं सिंह राशि के जातकों आज कोई नए कार्य योजना को भी लेकर के आप कोई प्लानिंग कर सकते हैं वहीं सिंह राशि के जातकों आज आपको सलाह देना चाहते हैं कि यदि वाहन चलाते हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा वैसे भी भारत सरकार ने जो है बहुत ज़्यादा फाइन लगा दिया है तो सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग जरूर करिए आज आपको किसी विशेष मामले पर किसी से बातचीत करते समय अपनी वाड़ी पर संयम रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं अन्यथा बहसबाजी में आप पढ़ सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रातःकाल सुबह जल्दी उठिए बार ओम मंत्र का आपको उच्चारण करना है और भगवान भास्कर को अर्घ देना है इससे आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा आज ग्रीन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी पूर्व दिशा कन्या राशि कैसा रहेगा आज का दिन तो आज आपका दिन उत्तम रहेगा पार्टनर से आपके संबंध मजबूत रहेंगे आज आपकी इनकम थोड़ी सी कम होगी और वह ज्यादा रहेगा किसी काम में लगाई गई आज आपकी पूंजी कुछ डूबती हुई दिखाई पड़ रही है कैरियर के लिए आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा ऑफिस में अधूरे पड़े कार्य आज आपके पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं जिससे मन आपका बड़ा प्रसन्न रहेगा आज आपके काम में सीनियर्स का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा यदि आप बिजनेस में है तो आज धन लाभ होने की प्रबल संभावना है आज आपकी को तरी, जो है तरजीह मिलेगी सेहत के मामले में खुद को आज आप तरोताजा रखते हुए नजर आ रहे हैं आज आप कई तरीके के नवीन अनुभव प्राप्त करते हुए नजर आएंगे उपाय के तौर पर करना क्या है तो आज आपको कोशिश करना है कि गाय को बेसन से, बेसन से का लड्डू या बेसन से बनी हुई कोई चीज जरूर खिलाएं आपके सभी काम पूरे पूरे होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा स्काई ब्लू शुभ अंक रहेगा तीन और आपके लिए शुभ दिशा जो रहेगी दक्षिण दिशा रहेगी वही लिब्रा तुला राशि आज आपका दिन मिला रहेगा पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का आज आपके सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा स्वास्थ्य आज आज आज आज आज तो में कुछ गिरावट आती हुई मामूली सी दिखाई पड़ रही है अपने क्रोध को आज आपको नियंत्रण में करना रहेगा किसी से बहस होने की पूर्ण संभावना दिखाई दे रही है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन गायत्री मंत्र का 21 बार आप लोग जाप करिए और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला शुभ अंक रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो तो स्कॉर्पियो के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है आपको कुछ जरूरी कार्यों में दोस्तों की मदद घर परिवार के भाई बहनों की मदद प्राप्त होती हुई नजर आ रही कई दिनों से अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है वहीं ससुराल पक्ष से कुछ आर्थिक स्थिति आपकी सबल होती हुई दिखाई दे रही स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम लेकर के आ सकता है साथ ही कोई पहले से दी गई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है आर्थिक स्थिति में जो है स्थिरता बनी रहेगी परिवार में सुखद वातावरण का माहौल रहेगा तो वहीं दाम्पत्य संबंध भी आज आपके मधुर रहेंगे, आपकी उलझनें कुछ कम होती हुई दिखाई पड़ रही है कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा मंदिर में आज कोशिश कीजिएगा कपूर शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा वहीं के को बेहतरीन रहेगा अपने लक्ष्य के प्रति आज आप लोग केंद्रित रहेंगे ऑफिस में आज आपके काम की तारीफ जिससे आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा, परिवार में में में सबके साथ बेहतर संबंध संबंध स्थापित होंगे, कलात्मक कार्यों आज आपकी रुचि बढ़ेगी किसी नए प्रोजेक्ट के में मित्रों की सलाह फायदेमंद साबित रहेगी जीवन साथी के साथ आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने की प्लानिंग आप बना सकते हैं और आज शाम को आज अपने बच्चों के साथ परिवार के साथ अच्छा समय स्पेंड करेंगे आर्थिक मामलों को लेकर कुछ लोग आज मददगार साबित होंगे करना क्या रहेगा आज हनुमान अष्टक का आप लोग सात बार जरूर पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर जो केसर जिस कलर का होता शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा वही कैप्रिकॉन पर आगे बढ़ें दर्शकों को फिर से पुनः याद दिला दें कि जो कोई दिल्ली से हैं और 14 और 15 सितंबर को हमसे मिलना चाहते हैं पर्सनली आप लोग मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं तो मकर राशि के जात दिन ठीक ठाक रहेगा व्यवसाय में आज आपको सफलता प्राप्त होगी ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद लेते हुए आज आप नजर आ रहे हैं आपको कार्यो में सफलता हासिल होगी आज किसी से बात विवाद करने से आपको बचना रहेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में अन्यथा पढ़ सकते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा आज अपने स्वास्थ्य का आपको जो है ध्यान रखना रहेगा बाहर के खाने से आज, आज आपको बचना है आज कोई नया प्रेम संबंध स्थापित हो सकता है वहीं लव मिट के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग आज आप बना सकते हैं और शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आज संवाद और चर्चा हो सकती है जिससे आपके पारिवारिक संबंध भी मजबूत होंगे उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सुंदर का आज पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा एक्वायस कुंभ राशि आप लोगों का देखिए सभी का वार्षिक राशिफल भी पड़ा है प्लेलिस्ट में जाइए वार्षिक राशिफल सब लोग देख डालिए तो कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन रहेगा कोई रुका हुआ काम आपका पूर्ण होने से आज, आज आपको खुशखबरी मिलेगी शाम तक आपको कोई शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी जिससे घर का माहौल खुशियों से भरा रहेगा आसपास के लोग आज आपके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हुए नजर आएंगे आज आप तरोताजा महसूस करेंगे और लवमेट के साथ आज आपका दिन बेहतर गुजरेगा प्रातः काल से यात्राओं का योग बन रहा है सोचे हुए कार्यो की मजबूत होगी आपको धन लाभ के कई मौके मिलेंगे बिजनेस में कुछ बदलाव होने से बदलाव होने के योग बन रहे हैं और ये बदलाव आपके फेवर में रहेंगे जरूरतमंदों को वस्त्र का दान करिए आपके जीवन में खुशियों का आगमन रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो प्रयास ये करिएगा कि आज के दिन पका हुआ भोजन आप किसी को जो है कराइए और वस्त्र का दान करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि के जातकों तो मीन राशि के जातको आज आप जिस काम को पूरा करने चाहेंगे उसमें सफलता मिलेगी किसी पुराने मित्र से मिल, मिलने आप उसके घर पर जा सकते हैं ऑफिस में सीनियर आपके काम से प्रसन्न होंगे लेकिन आज आपका मन जो है किसी गहने चिंतन में आध्यात्मिक की लगा रहेगा आज किसी बात को लेकर विचारों में खोए रहेंगे वहीं प्रातः काल से ही आपके भी यात्राओं के योग बन रहे हैं नए नए लोगों से मुलाकात होगी और ये मुलाकात काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी घर पर किसी पार्टी के आयोजन कर सकते हैं कोई मांगलिक उत्सव कोई मांगलिक कार्य हो सकता है छात्रों को शिक्षा की तरफ से विशेष मार्गदर्शन आज हासिल होता हुआ दिखाई दे रहा है आज ससुराल पक्ष से आपको को कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा हनुमान जी को गुलाब का एक फूल चढ़ाइएगा शुभ कलर आपके रहेगा रेट शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए उत्तर दिशा तो, ये तो, था दर्शकों, हमारा से तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक की पहुंचती रहेगी फेसबुक पेज पर देख रहे तो हमारे लाइक और हमें शेयर कीजिए दर्शकों आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि चौदह और पंद्रह सितंबर को दिल्ली आगमन हो रहा है सीटें कम हैं क्योंकि एक दिन के लिए ही आएंगे और अधिक से अधिक हम जो है दस लोगों से ज़्यादा लोगों से नहीं मिल सकते हैं तो जो है पहले आइए पहले पाइए तो आप लोग अपनी अपनी अपॉइंटमेंट जरूर बुक करा लीजिए और यदि आप परेशान हैं आपके मार्ग में बार बार जो है आपके काम होते होते रुक जा रहे हैं बहुत बाधाएं आ रही हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण हमारे कहने से ज़रूर करवाइए दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वार्षिक राशिफल को भी आप लोग पसंद कर रहे होंगे हरियाणा चुनाव से जुड़ा हुआ हमने जो है जो प्रिडिक्शन किया वो भी आप लोग देख रहे होंगे और भी जो टिप्स हैं वो आपको देते रहते हैं वास्तु से रिलेटेड तो कैसा लगता है हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक आप लोग जरूर कीजिए तब तक के लिए नमस्कार